सर में, uh, सर कंटिन्यू मैं दो मिनट में आ रहा हूँ हाँ ठीक है सही है चले जी देखें जी डेल्टा इज एन एंटिटी विच प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू थर्टीए ईच ईयर ईच ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथोराइज्ड फॉर इश्यू ऑन थर्टी नवंबर तो सेप्टेम्बर हमारा ईयर एंड है और ऑथोराइजेशन हो रही है नवंबर में ठीक है यूरिंग दर टू थाउजेंड एंड फोर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ट नंबर वन अच्छा जो 25 नंबर का सवाल आता है ना वो इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ रहा होता है ठीक है ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एंड थर्टीन डेल्टा सोल्डमर फॉर अफ फाइव हंड्रेड 500,000 अब इसने एक मशीन बेची है 500,000 की ठीक है अच्छा ये स्पेसिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है क्योंकि बज दफ़ा ऐसा भी होता है कि स्टैंडर्ड स्पेसीफाई नहीं हो रहा होता तो आप फिर जर्नल कोई बंदा तुक्का लगा के आ जाता है। अगर सही से हो जाएगा, तो उसका एटलीस्ट आप थ्योरी लिखकर आ जाओगे कि यार है, मुझे अच्छा जी तो इसने मशीन बेचने की बात की है तो मुझे लगता है की आई एफ आर एस पंद्रह है ठीक है रेवेन्यू रिक्शन डेल्टा इनवाइस्ड कस्टमर फॉर फाइव हंड्रेड थाउजेंड एंड फर्स्ट अक्टूबर दो हजार तेरह And the customer made a payment of five hundred thousand to Delta on fifteenth October two thousand and thirteen. So, इसने मशीन जो है ना, वो बेची है पांच लाख की, और इनवाइज पे पेमेंट हो गई पंद्रह अक्टूबर को. The terms of the sale included an arrangement that Delta would service and maintain the machine for a four-year period from first October two thousand and thirteen. Delta would normally charge an annual fee of thirty-seven thousand five hundred for a service and maintenance arrangement. द नॉर्मलिंग प्राइस ऑफ द मशीन विदाउट अ सर्विस एंड मैंटेनेंस एनेजमेंट वॉज फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करना है तो ये जो इशू है ये आई एफ आर एस पंद्रह को रेफ़र कर रहा है और आई एफ आर एस पंद्रह में हमने ये डिस्कस किया था अब इसको इस्पेसिफिकली अगर लिंकअप करें हम तो हमने आई एफ में जो रेवेन्यू का रूल डिस्कस किया था जो रूल हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है ठीक है और बास दफा सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते राइट तो यहां पर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है दो लग रही hmm, एक तो है मशीन का सेल करना इट्स अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दूसरा है मशीन की मेंटेनेंस ये दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई सही है? अच्छा मसला ये कि जब दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी तो आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करनी होती है और दोनों को एलोकेट करना होता है ठीक है तो अब हमारे पास मसला ये कि इसको एलोकेट कैसे करें तो हमारे पास जो मशीन की कॉस्ट दी हुई है अगर तो मैं इसको दोबारा रेफर करूं सवाल को कहां गया मशीन की जो हमारे पास कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है नॉर्मली चार लाख पचास हजार ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सैतीस हजार पाँच सौ का चार साल के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन आइसोलेटेड बिकती तो कितने की बिकती और कॉन्ट्रैक्ट चार साल का अगर मैं आइसोलेटेड लेता तो कितना होता ये हो जाएगा एक लाख पचास हजार सही है अगर ये दोनों में स्टैंड अ लेता तो टोटल कितना पे करता अस्सलाम वाले हंड्रेड थाउजेंड का सिक्स हंड्रेड थाउजेंड का ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट बनता है अच्छा ये जो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड है ना पहले तो मैंने टोटल इसके ऊपर निकाल लिया अच्छा ये मुझे जो दे रहा है वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड का नहीं दे रहा सही है मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपका पांच लाख ठीक है तो पांच लाख का जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अब उसके अंदर जो मशीन की वैल्यू है स्टैंड अलोन को अगर मैं उसको लिंक करता हूँ तो मशीन की वैल्यू तो साढ़े चार लाख बनती है आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड थाउजेंड तो मशीन की जो प्राइस है अगर मैं निकालता हूं तो इससे निकलती है तो तीन लाख पिछहत्तर हजार अच्छा अगर मशीन की प्राइस तीन लाख पिछहत्तर हजार है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रेक्ट है क्योंकि तो हम तो पांच लाख में दे रहे ना ये प्राइस तो उस पांच लाख में से बाकी प्राइस किसकी होगी मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की होगी ये हो गया दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और दोनों को एलोकेट करना अब कॉन्ट्रैक्ट जो मशीन बेची है वो फर्स्ट अक्टूबर को बेची है तो फर्स्ट अक्टूबर को वो रेवेन्यू रिकनाइज कर लेगा किसके अगेंस्ट सेल ऑफ मशीन के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकनाइज कर लेगा और जो बाकी वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है वो से एडवांस में रिसीव हो गया है तो फर्स्ट ऑक्टूबर को वो उस एडवांस को क्या रिकॉर्ड करेगा वो उस एडवांस को इनकम रिकॉर्ड करेगा, 1 50,000, सही हजार फिर इसका जब इसका जब एयर एंड आएगा सही है तो एयर एंड के ऊपर अब जब अगले साल थर्टी सितंबर को इसका एयर एंड आएगा तो एक साल की जो डेफिड इनकम है अब वो एक लाख पचास हजार का जो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एक लाख पच्चीस हजार का सॉरी एक लाख पच्चीस हजार जो है, है ना वो चार साल की बनती है ना तो जब एक साल पे क्या होगी इसकी वैल्यू थ्री वन टू फाइव जीरो थ्री 31250. वन एक साल जब एयर एंड के ऊपर हम पहुंचेंगे 30th सेप्टेम्बर 04 के ऊपर पहुंचेंगे तो एक साल का सर्विस का रेवेन्यू मेंटेनेंस का जनरेट हो चुका होगा तो हम डेफर्ड इनकम को डेबिट कर देंगे 31250 से और रेवेन्यू सर्विस के अगेंस्ट रिकनाइज कर लेंगे 31250 क्योंकि इसका ताल्लुक पॉइंट इन टाइम से नहीं है इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है सही है जी। अच्छा डेफर्ड इनकम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि डेफर्ड इनकम क्योंकि लाइबिलिटी है तो उस लाइबिलिटी का एक नॉन करंट पोर्शन सेपरेट दिखाया जाता है और उसका एक करंट पोर्शन जो है जो विद इन वन ईयर पे होता है वो सेपरेट दिखाया जाता है तो ये हम बैलेंस शीट के अंदर जो टोटल हमारी डेफर्ड इनकम बाकी बची भी होगी आउट ऑफ एक लाख पच्चीस हजार एयर एंड के ऊपर उसमें से इकतीस हजार दो हजार दो सौ पचास हमने रिकग्नाइज कर ली बाकी डेफर्ड इनकम कितनी बची होगी थ्री सेवन फाइव जीरो हमारी टोटल लाइबिलिटी आ गई जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी इसका एक पोर्शन करंट होगा इकतीस दो सौ पचास को हम करंट लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे और जो बैलेंस बच जाएगा सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी में डाल हाँ जी आरम क्या हाल बस ठीक ठाक सर अच्छा जी ये पार्ट ये पार्ट हमने इस सवाल का ये पहला पार्ट डिस्कस किया रेवेन्यू से रिलेटेड था ये क्वेश्चन तो इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया जिसके अंदर एक दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है एक मशीन का बेचना और दूसरा उस मशीन का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने लास्ट क्लास में जब लेक्चर लिया था तो मैंने टोयटा की एग्जाम्पल दी थी कि इस तरह एक वेंडर एक प्रोडक्ट बेचता है जिसके अंदर ऑब्लिगेशन एक एक पॉइंट इन टाइम टाइम पर पर होती है पर होती है है है और ओवर अ पीरियड ऑफ़ सही जी जी आगे बढ़े अच्छा जी तुम लोगों को आई एस थर्टी सेवन याद है कुछ थोड़ा तो दिमाग में प्रोविजंस वाला जी याद है। उसके अंदर तुम्हें याद होगा के मैं लिखता हूँ पहले ना ताकि ये थोड़ा सा आईएएस रिवाइज हो जाए आईएएस एस सिक्सटीन के अंदर जब हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कैपिटलाइज करते हैं तो उसकी कॉस्ट पे कैपिटलाइज करते हैं ना और उसकी कॉस्ट के अंदर एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है सही है उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट का आई एस के अंदर प्रोविजन बनाया जाता है नहीं। कब नहीं। बनाया जाता है जब या तो लीगल ऑब्लीगेशन हो या फिर वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन सही है hmm. अच्छा बनाया कैसे जाता है हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट की पीवी वर्कआउट करते हैं यूजिंग अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अगर वो किसी एसेट से रिलेटेड होता है तो हम एसेट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन को क्रेडिट कर देते हैं तो ये एक्सपेंस में नहीं जाता ये कैपिटलाइज हो जाता है और फिर हर साल उसके अंदर एक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का एलिमेंट हम बुक कर लेते हैं अब आप इसका बी पार्ट देखें ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2013 डेल्टा कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली एफिशिएंट पावर स्टेशन it a total cost of 40 million the useful life of the factory was 40 years under the terms of the operating license granted by the government ye jo license diya hai government ne to iski terms ye kehti hain ki aapko use dismantle karna padega 30th september 2053 par to iska matlab ye hua ki ye legal obligation hai the latest estimated cost of this process at 30th september is 55 million An appropriate discounted to use in any relevant calculation is five percent. At this discounted, the PV is forty years is fourteen point two cents. So, <laughs> हमें property plan and equipment को first October को IA sixteen के अंदर the property plan and equipment हमारा record होगा first October को. तो एक तो उसकी purchase cost हो गई. Purchase cost कितनी है? चालीस मिलियन सही है और डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी पचपन पचपन मिलियन तो वो थी ना फ्यूचर वैल्यू थी अच्छा ये फोर्टीन पॉइंट टू क्या है डिस्काउंट रेट का फैक्टर है पचपन मिलियन मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन पॉइंट टू सेंट बनता है जीरो पॉइंट वन फोर टू कितना आंसर आएगा टोटल वैल्यू कितनी हो गई ये कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई सही है लाइफ कितनी दी हुई थी इसकी 40 साल 40 है डेप्रिसिएशन कितना होगा ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज हो जाएगा 1.195। 1। बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू शो हो जाएगी उंट जो हमारा कैलकुलेट होगा 7.81 पॉइंट एट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम 5% से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कितना अमाउंट आएगा 0.3905 0.3905 ये finance cost होगी, क्या एंट्री पास होती है इसकी स कॉस्ट डेबिट थ्री नाइन फाइव प्रोविजन क्रेडिट फाइव थ्री नाइन तो आपका बैलेंस शीट में क्लोजिंग प्रोविजन कितना हो जाएगा तो ओरिजिनल प्रोविजन आपके पास जो आया था वो आया था 7.81 मिलियन और unwinding of discount इसके अंदर हुआ तो आपका क्लोजिंग प्रोविजन बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा अनवाइंडिंग ऑफ़ को में क्या बोलते हैं कि जब भी ये टर्म बार बार आती है ना तो फिर आगे अभी तो कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाएगा देखो एक जो प्रोसेस का होता है ना डिस्काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है जब आपका डिस्काउंटिंग का प्रोसेस होता है ना ये फॉर एग्जांपल एक टाइमलाइन है दस साल के ऊपर प्रोविजन की पेमेंट होनी है आपने इसको उठा के आज यहाँ ले आया आप जीरो के ऊपर ना एक साल बाद ये जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसमें सेवन पॉइंट एट इनक्रीज होगा फ्यूचर वैल्यू इसको नहीं। कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट तो सर ये ये ये ये ये फिर अच्छा ये जो unwinding of discount provision जो वाला होगा हम बना के हमने हमने बनाया है, ये हमने बनाया है है 40 साल के बाद आपकी जो डिस्मेंटलिंग कॉस्ट आएगी उसकी आज हमने जीरो पे वैल्यू निकाली सही है लेकिन जब एक साल बाद होगा तो ये वैल्यू तो बढ़ेगी ना हम्म तो उस बढ़ने का एलिमेंट को हम इंटरेस्ट चार्ज करते अच्छा सही है सही है सर तो आई एस थर्टी सेवन में ये चीज डिस्कस ही नहीं हुई कि डिस्काउंट रेट चेंज होगा तो क्या होगा सही है अच्छा। ये इसके लिए इन्होंने एक अलग डॉक्यूमेंट शो किया हुआ है इफ्रिक के नाम से उसके अंदर इन्होंने मैटर को छेड़ा हुआ है कि अगर डिस्काउंटेड चेंज हो जाए तो क्या होगा अगर लायबिलिटी ही चेंज हो जाए एस्टिमेशन जो आपने पचपन मिलियन का किया है वो चेंज हो जाए तो क्या होगा अल्टीमेटली अभी ये, तो, हमारा ये फिर तो, तो फिर हमने जो ये डिसमेंटलिंग का पीबी बनाया था डेट तो वो तो हमने फिर चालीस साल के रिस्पेक्ट में दिया अब ये जो इंक्रीज पेमेंट करनी है वो करनी है पचपन मिलियन की के अगर आजिंग होती तो सेवन पॉइंट एट वन जाता लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी है वो है 55 मिलियन की तो आज आपने लाइबलिटी को पीवी पे रिकॉर्ड किया है जैसे जैसे एयर बढ़ते जाएंगे ये लाइबिलिटी पचपन मिलियन से क्लोज होना शुरू हो जाएगी अच्छा सही, सही सही सही यार ये प्रोविजन पीवी टर्म्स में रिकॉर्ड हुआ है अल्टीमेट लाइबिलिटी चालीस साल के बाद पचपन बननी है तो आपने लाइबलिटी को सेवन पॉइंट एट पे रिकॉर्ड किया हुआ है अब जब हर साल <laughs> िटी इंक्रीज होगी तो वो प्रोविजन ही तो बनता रहेगा ना उसका चाहिए। चले जी अगला पार्ट देखें। अच्छा देखें इसी तरह इस के अंदर जब आपके पास 20 नंबर वाला जो सवाल 25 नंबर वाला जो सवाल आता है उसके अंदर तीन चार स्टैंडर्ड्स दिए हैं। तो पहले तो चीज ये है कि आपने स्टैंडर्ड पिक करना है की ये कौन सा मैटर है नाम पिक करने की जरूरत नहीं है आपको इशू पिक करना है की ये कौन से स्टैंडर्ड का इशू है फिर आप उस स्टैंडर्ड की थ्यूरी बताएंगे जैसे अगर यहाँ बी पार्ट में मुझे पहले में बताँगा। मैं स्टैंडर्ड की थ्योरी बताऊंगा मैं बताऊंगा कि अंडर आईएस 37 इफ देयर इज एनी डिसमेंटलिंग प्रोविजन एज देर इज अगल ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बाई द गवर्नमेंट राइट सही है फिर हम कहेंगे वी नीड टू कैलकुलेट दी वी ऑफ द provision or we have to make provision in terms of present value as it involves time value of money for this we need a discount rate fir hum usko convert karke bata denge fir hum use batayenge ki hum is provision ki cost ko we have we have to capitalize under isa 16 fir hum use batayenge theory mein ke as time goes on as at year end we have to book a finance cost that is increase in time value of money or unwinding of discount fir hum uski calculation dikhayenge तो no तो, तो देखे जब एग्जामिनर आपको कोई इशू देता है ना तो उस इशू से रिलेटेड आपको हर चीज डिस्कस कर दी सही है तो फिर हम इसका स्टार्ट जो लेंगे एक्सप्लेनेशन का तो वो वो वो आईएस आईएस से से उससे लेंगे ना ना बोलेंगे रिक्वायर्स हाँ, मैंने uh, मैंने मैंने जो अच्छा जी नेक्स्ट इशू क्या है ऑन फिफ्थ मे टू थाउजेंड एंड फोर्टीन डेल्टा वॉज नोटिफाइड टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट डेल्टा in respect of financial losses incurred by c yani ki customer hai wo hamare against ek case ka plan bana raha hai c alleged that the financial losses were caused due to supply by delta of faulty products on 30th november 2013 delta defend the case but considered based on the progress of the case up to 30th september 2014 there was a 75% probability that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 इसके अंदर आ आ 10 का तो दे तो तो हमारा जब आ, था, तो उसके ऊपर हमने देखनी है 37। तो 37 लेकिन uh, क्योंकि इसकी जो लाइवलीहुड है वो सेवन परसेंट है तो आई 37 थर्टी सेवन कि अगर चांसेस पॉसिबल से प्रोबेबल हो जाएं तो हमें एक प्रोविजन बुक करना पड़ेगा ऑन द बेसिस अंदर हमने एक्चुअल लाइबिलिटी सेटल करनी है अट्ठारह मिलियन की तो हम थर्टियप्टर दो हजार चौदह के ऊपर 20 मिलियन का प्रोविजन बनाएंगे अट्ठारह का सर अट्ठारह एक्सपेंस नहीं कर देंगे कुछ नहीं, नहीं।, की नहीं। आगा। आगा। मैंने पढ़ा था क्या ये एडजस्टिंग एडजस्टिंग इवेंट इवेंट है है है yes. सो so, इसका मतलब है आप प्रोविजन बुक कर लेंगे अट्ठारह मिलियन का लीगल कॉस्ट डेबिट बीस मिलियन का नहीं होगा hmm. और दो आईएस के रेफरेंस यहाँ पे आ गए आई एस टेन का रेफरेंस आ गया आई एस थर्टी सेवन का रेफरेंस आ गया जो अगर वो आयजा के उसमें होता था ना कि अगर हमने प्रीवियसली 20 के 20 मिलियन का प्रोविजन बुक किया हुआ फिर अगर एडजस्टिंग इवेंट आ रहा हो, हो तो फिर उसको हम रिड्यूस कर देते थे मिलियन से। हम्म, बिल्कुल। पर वो सीन भी सकता है जो तुम कह रहे लेकिन अब तो अभी तो हम बल्कि हाँ सही। 38 नवंबर के ऊपर तो हम यही कर रहे है ना हम उसे दोनों बातें बता सकते है न सही हम उसे दोनों बातें बता सकते हैं चलें एक और सवाल करते हैं रेवेन्यू पे बेस करता हूं अगेन मैं उसका जो ना आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ फिर उसको एक्सेस करते हैं कोयला वाला हाँ वैसे आपके मुताबिक अभी कौन से आ सकते हैं Standards. आप likelihood के लिए ना मुझे हुँ. अभी दो तीन दिन का टाइम दे कर मैं likelihood पे ही काम कर रहा लाइटलीहुड अच्छा IFRS 9 की आई एफ आर बस आप मुझे दो तीन दिन देंगे ना तो गूगल से आप देख रहे हैं मेरा जो है लैपटॉप का टच भी जो है ना थोड़ा सा अजीबो करीब हुआ क्या मैटर है यार दो मिनट दें यार मुझे जस्ट मैं कुछ करता हूँ इसको किसी और तरीके से शेयर करता हूँ